एक आदमी दस सालों तक लगातार पिज्जा ऑर्डर करता रहा एक दिन अचानक उसने ऑर्डर करना बंद कर दिया फिर जब उसके घर जाकर देखा तो वो बहुत ही शॉकिंग था दरअसल ये घटना यूएस के ओरिकॉन की है, जहाँ रहने वाला एक आदमी किरक एलेक्जेंडर लगातार रोजाना दस सालों तक पिज्जा ऑर्डर करता रहा था इसलिए जो डोमिनो का स्टाफ था उसे अच्छे ऐसी पहचानने लगा था लेकिन अचानक उसका ऑर्डर अनाबंद हो गया इसे एक दिन दो दिन और कई दिन गुजर गए शुरुआत में उन्होंने सोचा की एलेक्जेंडर वैकेशन बनाने गए होंगे लेकिन दो हफ्ते ऐसी ज्यादा बीत गएर की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं मिला उन्होंने एलेक्जेंडर को कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला फिर डोमिनोज ने अपने एम्प्लॉय को उनके घर भेजा जाकर वो क्या देखता है एलेगजेंडर जमीन पर गिरे हुए पड़े थे और वो तड़प रहे थे सौ ग्यारह आरोप कॉल किया और उन्हें तुरंत तो हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ डॉक्टर ने बताया की एक दिन मदद न मिलती तो उनकी जान भी जा सकती थी लेकिन कुछ दिन में एलेक्जेंडर बिल्कुल ठीक हो गए डोमिनोस का स्टाफ उनके लिए फूल लेकर पहुंच गए वहाँ सब काफी खुश थे की एलेगेंडर अब बिल्कुल ठीक हो गए डोमिनोस के बारे में आप लोगों की क्या राय कमेंट जरूर करिए